सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं महोत्सव में मिलने वाले रुद्राक्ष के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इनमें से ही एक कतार में भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद प्राथमिक उपचार केंद्र में घायलों का इलाज जारी है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रवण करने वालों की संख्या करोड़ों में है सीहोर में पंडित मिश्रा के कुवरेश्वर धाम के पास रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आए हुए है लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आपको बता दें पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से रुद्राक्ष महोत्सव का प्रचार किया गया था और कहा गया था कि इस महोत्सव में मिलने वाले रुद्राक्ष को आप पानी में डालकर पी लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी यही कारण है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है वही रुद्राक्ष के लिए एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार लगी थी जिसमें दो लाख से ज्यादा लोग लगे हुए थे बांस और बल्लियों से बने बैरिगेड लगे होने के बावजूद भी यहां भगदड़ मच गई जिससे कई लोगों को चोटें आई हुई हैं 2000 से ज्यादा लोगों को प्राथमिक उपचार में इलाज के लिए भेजा गया है ज्यादातर इस भीड़ भरी अवस्था में घबराहट उल्टी और चोट लगने के कारण पहुंचे थे वही इस मामले पर आयोजन समिति का कहना है की पंद्रह सौ ज्यादा पुलिसकर्मी और दस हजार ज्यादा वॉलेंटियर व्यवस्था में लगे हुए है